मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे महाराज सुग्री में इतना भी सामर्थ्य नहीं।, नहीं मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए बहुत दुख हुआ महाराज ये सुनकर क्यों उस राक्षस ने अब से नृत्य करवाया बिजली में बंदी बनाना चाह इतना अपमान